थारॉइड की बीमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और थाइराइड की बीमारी को लेके बहुत सारे सवाल भी उठते रहते हैं कि थाइराइड होता क्यों है थाइराइड होता क्या है थारॉयड प्रेगनेंसी में क्यों हो जाता है क्या प्रेगनेंसी के बाद भी थाइराइड कंटिन्यू रहता है या वो ठीक हो जाता है क्या मर्दों में थारॉयड की बीमारी होती है हाइपोथायरेडिज्म क्या होता है हाइपर क्या होता है इन दोनों के लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों हम यही सारी बातें करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे तेज तो काम करती है या काम करने में सुस्ती करती है तो ये दो बीमारियां पैदा करती है अगर ये सुस्त हो जाती है तो इसको हाइपोथायर कहा जाता है और अगर ये बहुत तेज काम करती है तो इसको हाइपरथायर कहा जाता है और इन दोनों के सिम्टम्स या लक्षण जो है बिल्कुल एक दूसरे के उलट है तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं अगर हम हाइपोथर की बात करें तो मरीज को एक तो नींद बहुत ज़्यादा आती है मरीज़ को सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है और ऐसा लगता है कि चलो पूरे समय सोते रहते हैं वज़न बढ़ता है हालाँकि भूख कम लगती है मरीज़ खाना कम खाता है फिर भी उसका वजन लगातार बढ़ता जाता है बाल गिरने की समस्या हो जाती है फीमेल में मैंसेज इरेगुलर हो जाते हैं अब क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो मैंसेज आते नहीं है तो उन दिनों शायद आपको ये मैंसेज का इरेगुलरिटी ना पता लगे। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद या जिन फीमेल्स को थायराइड है हाइपोथायर है उनके मैंसेज इरेगुलर हो जाते हैं इसके अलावा दिल की धड़कन थोड़ी सुस्त रहने लगती है मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाती है यहाँ तक कि आप अगर स्किन पे ऐसे कुछ स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे एक सफेद सी लकीर बन जाती है और कई बार मरीज डिप्रेशन में भी जा सकता है इसके उलट जो हाइपर था तो उसके उलट लक्षण होते हैं डायरिया हो सकता है पेल्पिटेशन हो जाता है हार्ट रेट बढ़ जाता है ये हाइपर थार की बीमारी के लक्षण होते हैं लेकिन प्रेग्नेंसी में हाइपोथर होता है तो यहाँ पे हम इसी के बारे में आगे फर्दर और बात करने वाले हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और क्योंकि थायराइड भी एक हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है इसलिए प्रेगनेंसी में अक्सर थायराइड की बीमारी हो जाती है दूसरा एक बड़ा कारण होता है थायरॉयड होने का स्ट्रॉयड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना जब स्ट्रॉयड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है बहुत सारे को स्ट्रॉयड्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके सिस्टम्स को हारमोनल सिस्टम को सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से भी आपको हाइपोथायर होने खतरा बन जाता है हालांकि आयोडीन की कमी से गेंगे रोग में इस तरह से भी थायराइड की बीमारी डेवलप हो सकती है थायराइड की बीमारी प्रेगनेंसी में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप कर सकती है इवन डिलीवरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसलिए थायराइड का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ये आपके बच्चे पे भी असर डाल सकता है इवन पैदा होने के बाद भी उसको थाइराइड की बीमारी पैदा हो सकती है इसलिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थारयड का लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह मशुरा करते रहने चाहिए इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान टीएसएच या पूरे थायराइड फंक्शन की जांच कराना बहुत जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि आपको कहीं थायराइड की बीमारी डेवलप तो नहीं हो रही है और सही रहते उसका समय पे इलाज कर दिया जाए तो बात कर लेते हैं कि थाइराइड का इलाज क्या है इसका बचाव क्या हो सकता है तो देखिये सबसे अच्छा तो प्रिवेंशन यही है कि आपको जैसे ही डायग्नोस हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना थारॉयड का लेवल जरूर चेक करा लें थायरय फंक्शन जरूर टेस्ट करा लें और उसमें देखिए कि आपका टी का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल रेंजेस होते हैं उसके हिसाब से अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको वो नॉर्मल रेंजेस चेक करने चाहिए जो नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन के लिए हमने ऊपर बताई है अगर आपको थायराइड हो जाता है तो फिर आपको खाने पीने में भी, भी एहतियात बरतने की जरूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो करें कई बार ये भी होता है कि डॉक्टर आप से दवाई शुरू करता है और बाद में उसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है हो सकता है आपके थायरॉइड के लेवल शुरू में ज्यादा हो और आपका डॉक्टर आपको थोड़ी ज्यादा डोज दे हंड्रेड या उससे ज्यादा माइक्रोग्राम पर डे की डोज दे लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका था कंट्रोल होने लगे तो डॉक्टर हो सकता है उसको 50 या 25 बाई किलोग्राम तक लेके आ जाए या अगर तो आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो डोज और भी बढ़ जाए तो इसलिए हर तीन महीने पे थायराइड की जांच करा लेना बहुत जरूरी है और डोज एडजस्ट कराना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप गलत डोज खाएंगे तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है थायरॉयड की जाँच जरूर कराएं अगर आप थारॉइड चेक करा के रखेंगे और आपका थाइराइड नॉर्मल रहेगा प्रेग्नेंसी के दिनों में तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको प्रेग्नेंसी के बाद डिलीवरी के बाद फिर थायराइड डेवलप ना हो कुछ दिन दवाई खा के शायद आपका ये छूट जाए लेकिन कई बार बहुत सारे केसेस में ये कंटिन्यूड हो जाता है और आपको काफ़ी लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल एकन का दब, बटन दबाना बिल्कुल ना भूले सो so देट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद